तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए तो डी की एडवर्टीजमेंट नंबर 20 है दोस्तों एक बड़ी अपडेट है जो कि आप सभी तक शेयर करने को ज़रूरी है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड डी की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट डी टप्ल नंबर एक बीस दो की तरफ से अपडेट है एंड अपलोडिंग दोटोग्राफ कैंडिडेट According to from official website डी at एस बी एट डी टिपल एस तो इस वेबसाइट पे जाके भी आप जो भी अपडेट है वो जाके चेक कर सकते हैं अब जो अपडेट क्या है वो देख लेते हैं एक बार क्या रहने वाली है डी टिपल एस बी एडवर्टीज़मेंट नंबर बीस की वेरियस पोस्ट है उसका रिजल्ट जो है एग्ज़ाम डेट है एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है आप सभी के लिए ठीक है दोस्तों तो उससे जुड़ी बड़े बड़ी अपडेट यहाँ पर रहने वाली है तो डी डिप्लो पी का जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था वो पोस्टें हैं यहाँ पर स्टोर कीपर की एक वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली है, सेक्शन ऑफिसर के लिए एक वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली है हॉर्टिकल्चर के लिए एक वैकेंसीज़ है असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए 46 सिक्स वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं वेटनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर की यहाँ पर सेवेंटी वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली है स्टेनोग्राफर की इंग्लिश की थर्टी एट वैकन्सीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए जो है वहाँ पर छः पोस्टें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती हैं जो लीगल असिस्टेंट है वहाँ पर चार वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं मैनेजर पब्लिक रिलेशन के लिए एक वैकेंसी से है जूनियर टेक्नीशियन टेलीफोनिक ऑपरेटर दस वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं आप सभी के लिए और जूनियर क्लर्क दो पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं आप सभी के लिए तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर दो असिस्टेंट की पोस्ट हैं दो पोस्टें है यहाँ पर रहने वाली हैं लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर चार वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली है अकाउंटेंट के लिए अठारह वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर दस वैकेंसीज रहने वाली हैं आप सभी के लिए ठीक दोस्तों अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन अगर होता है तो इन सभी पोस्टों के लिए एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं तो आप सभी अपनी लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम लिंक में भी डाल दूंगा तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो डिफरेंट टाइप की पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं पीजीटी कॉमर्स फीमेल के लिए बत्तीस पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं पीजीटी इंग्लिश के लिए मेल के लिए यहाँ पर 42 पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं और पी इंग्लिश के लिए फ़ीमेल के लिए छप्पन पोस्टें पर रहने वाली हैं अलग अलग पोस्टें हैं दोस्तों डी की तरफ से तो सभी पोस्टों के लिए एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं ठीक है दोस्तों आगे देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट डिजिटल के इलेक्ट्रॉनिक के लिए तीन वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यहाँ पर चार वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए बारह वैकन्सीज यहाँ पर रहने वाली हैं टेक्निकल असिस्टेंट फार्मेसी के लिए चार वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं ठीक है दोस्तों तो अब एक रिज़ल्ट है जो कि डिक्लेयर किया गया है ल, ल, डी ट्रिपल लाइब्रेरिन का लाइब्रेरी तो वो रिज़ल्ट हम देखने वाले हैं इस वीडियो में क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को तो ये एक बड़ी अपडेट है जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत ज़रूरी है क्या देख लेते हैं एक तो जैसे कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली दिल्ली सबोडिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड डी टप्ल एस की तरफ से नोटिस है नोटिस नंबर वन थर्टी लाइब्रेरी की जो पोस्ट है पोस्ट का कोड है बानवे स्लैश बीस तो और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से अपडेट है डी टप्लू एस का एडवर्टीजमेंट नंबर है चार स्लैश बीस एडवर्टाइज द टोटल वन नाइन्टी पोस्टों के लिए जो ये एग्ज़ाम है जो कि हुआ था लाइब्रेरियन के लिए ठीक है दोस्तों तो द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड 25 ग्यारह इक्कीस तो 25 ग्यारह को आपका ये जो एग्ज़ाम है वो हुआ था जैसे कि सभी जानते हैं जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन्होंने ये फॉर्म फिल किया था तो बयालीस सौ सतासठ पोस्टें यहाँ पर अपेड की गई थी ठीक है और फोर्थ नंबर पर यहाँ पर दिया गया है बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन Total 431 who obtained marks above equal cut off marks in their respective categories. Hmm. तो जितने कैंडिडेट का यहाँ पर आए हैं या उससे ऊपर आए हैं उन सभी को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है ठीक है दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी दी गई है कट ऑफ मार्क्स फॉर अपलोडिंग ऑफ ई डोजियर आउट ऑफ 200 हंड्रेड मार्क्स ई के लिए यहाँ पर 110 सौ दस मार्क्स पर कैंडिडेट यहाँ पर लेक्ट किया गया है अनडिजर्व के लिए यहाँ पर 123 मार्क्स uh, uh, वाला कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है ठीक है दोस्तों ओबीसी के लिए uh, यहाँ पर 100 104 मार्क्स वाला कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है एस के लिए 109 मार्क्स वाला कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है एसटी के लिए यहाँ पर अठहत्तर मार्क्स वाला कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है ठीक है दोस्तों तो आगे देख लेते हैं फिफ्थ नंबर पर क्या है फर्दर सेंस डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट पिन कोल्ड फॉर द कैंडिडेट अलॉन्ग विद दी एप्लीकेशन फॉम्स एस एच document eligibility has been carried out. But, and their mere inclusion of names in the list of द shortlisting, uploading, it अपलोडिंग डोज इट डिटी राइट ओवर द पोस्ट तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन सभी ने फॉर्म फिल किया था यहाँ पर और अगर यहाँ पर इलीगल तरीके से किसी भी कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है तो उनको एलिजिबल यहाँ पर नहीं समझा जाएगा और उनको यहाँ पर आ, ज्वाइनिंग से बाहर कर दिया जाएगा ठीक है दोस्तों एज पर बोर्ड नोटिस डेट 26 चार तेरह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वन टयर रिटर्न एग्जामिनेशन ऑन कैटेगरी 40 परसेंट ओ बी परसेंट मार्क्स यहाँ पर ओबीसी बी कैंडिडेट को यहाँ पर दिए जाएंगे 35 फाइव परसेंट यहाँ मार्क्स यहाँ पर सेपरेटली एज़ पर द कैटेगरी यहाँ पर दिए जाएंगे ठीक है दोस्तों